नंबर फर्स्ट जो व्यक्ति संदेह करते हैं उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती नंबर जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है ओट नंबर थर्ड दोस्तों इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे थोट नंबर फिफ्थ बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहते नंबर व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है तो वह तो वह पूर्ण हो जाता है नंबर सेवन मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है जो मेरी पूजा करता है मैं उसके साथ रहता हूँ थर्ड नंबर एट मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ लेकिन, लेकिन भी मुझे नहीं जान पाता थर्ड नंबर नाइन वह सिर्फ मन है जो किसी का मित्र तो किसी का शत्रु होता है नंबर टेन बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते